हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में धूमधाम से मनाया जाता है रक्षाबंधन में सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है एक बहनों के लिए अच्छा सा गिफ्ट और कुछ बहनें अपने भाई को रिटर्न गिफ्ट भी देती हैं आज के दिन में गिफ्ट भेजने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं जैसे ऑनलाइन सुविधाएँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में वो ही बताने आई हूं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स पहला जो हमारा गिफ्ट है वो है चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स लड़कियों की सबसे मनपसंद चीज होती है मिठाइयाँ और चॉकलेट रक्षाबंधन पर अगर राखी बांधने के बाद अगर बहन को भाई की तरफ से चॉकलेट गिफ्ट में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है ये चॉकलेट बॉक्स आपको आसानी से अमेजोन पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सेकेंड गिफ्ट है बेस्ट ज्वेलरी गिफ्ट आइडिया आमतौर पर सभी लड़कियों को ज्वेलरी पहनने का शौक होता है यदि आपके पास कुछ अच्छा बजट हो तो आप अपनी बहन को सोने या चांदी की ज्वेलरी भी खरीद कर दे सकते हैं पर आप छोटे बजट में भी अपनी बहन को अच्छा ज्वेलरी सेट दे सकते हैं जैसे कि सस्ती ज्वेलर का ज्वेलरी पेंटेंट सेट इस ज्वेलरी में बहुत ही चमकदार जरकन पेंटेंट है जो आपकी बहन को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है थर्ड गिफ्ट है टॉप मोबाइल फोन गिफ्ट कुछ लड़कियों को मोबाइल फ़ोन पकड़ना भी अच्छा लगता है यदि आपकी बहन का फोन बहुत ही ओल्ड या पुराने मॉडल का है तो आप अपनी बहन को अपने बजट के अनुसार फ़ोन भी गिफ्ट कर सकते हैं ये फ़ोन आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा फोर्थ गिफ्ट है कॉस्मेटिक गिफ्ट राखी पर अपनी बहन को गिफ्ट देने का सबसे अच्छा ऑप्शन कॉस्मेटिक है आजकल सभी लड़कियों को कॉस्मेटिक खरीदने का बहुत शौक़ होता है ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां कॉस्मेटिक आइटम मौजूद है वादी हर्बल्स लग्जरी जाफरान, स्किन वाइटिंग फेशियल किट आपको यहां पर मैं दे रही हूं। आप इसको अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं पाँचवा गिफ्ट है ड्रेस एंड क्लॉथिंग आइडिया नए नए कपड़ों को खरीदने का शौक़ सभी लड़कियों को होता है और उन्हें इस तरह के गिफ्ट भी पसंद होते हैं आपकी बहन को जिस तरह के कपड़े पसंद हो आप उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उन्हें दे सकते हैं मैंने इस कैटेगरी में आपको एक ड्रेस बताई है आप चाहे तो अमेज़ोन से ले सकते हैं सिक्स ऑप्शन है बैग गिफ्ट आइडिया आजकल बहुत प्रकार के बैग्स मार्केट में उपलब्ध हैं और हर दिन एक नया डिज़ाइन मार्केट में तैयार होता है ऑनलाइन मार्केट में यह बैग बहुत ज़्यादा चर्चा में है अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं सेवन्थ आइडिया है डॉल गिफ्ट आइडिया अगर डॉल की बात करें तो सबसे पहले बारबी का नाम मुंह में आता है तो आप इस बारबी सेट को अपनी बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं ये भी आपको अमेजन पर मिल जाएगी एटथ आइडिया है फोटो फ्रेम राखी पर आप अपनी बहन को पुरानी तस्वीरों को किसी एक या अधिक फ्रेम में लगाकर भी आप दे सकते हैं इससे पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी और इससे आपकी बहन के चेहरे पर ज़रूर स्माइल आ जाएगी नाइन्थ आइडिया है हमारा वॉच आइडिया वैसे तो आजकल घड़ी पहनने का फैशन बहुत कम हो गया है पर लेकिन आपकी बहन को अगर घड़ी पहनना अच्छा लगता है तो आप उसे एक अच्छी सी घड़ी गिफ्ट में दे सकते हैं ये भी आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगी टेंथ एंड लास्ट ऑप्शन है कैश आइडिया अगर आपकी समझ में नहीं आता है कि आपको अपनी बहन को राखी में क्या गिफ्ट देना है तो आपके लिए सबसे अच्छा और आखिरी ऑप्शन है कैश आप किसी लिफाफे में अपने बजट के अनुसार केश रख के भी अपनी बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलना